हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में और इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट वीडियो वायरल करने का तरीका बताने वाला हूं तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताने वाला हूं अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी शॉर्ट वीडियो वायरल हो सकती है मतलब आपकी शॉर्ट वीडियो पर जितने व्यू आते हैं उससे ज्यादा व्यू आने लग जाएंगे तो इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट वीडियो वायरल करने की जो टिप्स बताने वाला हूं तो आप उन टिप्स को फॉलो जरूर से करना मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी शॉर्ट वीडियो पर मिलियन में व्यू आ जाएंगे मिलियन में व्यू तो नहीं आएंगे लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर से देखना तो चलिए मैं आपको शॉर्ट वीडियो वायरल करने की पहली टिप्स बता देता हूँ तो सबसे पहली टिप्स तो यही है कि आप जो भी शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको अपनी शॉर्ट वीडियो के टाइटल में हैशटैग शॉर्ट ज़रूर से लगाना है बहुत से लोग शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हैं लेकिन वो शॉर्ट वीडियो के टाइटल में हैश शॉर्ट्स नहीं लगाते हैं उसकी वजह से आपकी वीडियो पर व्यू कम आते हैं तो जब भी आप शॉर्ट वीडियो अपलोड करें तो शॉर्ट वीडियो में हैशटैग शॉर्ट जरूर से लगाना है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरी टिप्स मैं आपको बता देता हूं तो शॉर्ट वीडियो आप अपने चैनल पर जब भी अपलोड करते हैं तो उस वीडियो को एक मिनट से ऊपर की कभी नहीं बनाना है आपको अपनी शॉर्ट वीडियो अट्ठावन सेकेंड की बनाना है मतलब फिफ्टी एट की बनाना है और आपकी शॉर्ट वीडियो जितनी छोटी होगी उतना ही ज्यादा वायरल होने का चांस है इसलिए मैं तो आपको ये बोलूँगा कि आपको अपनी शॉर्ट वीडियो 15 से 30 सेकंड की बनाना है क्योंकि जितनी छोटी वीडियो होगी उतना ही जल्दी आपकी वीडियो वायरल होगी तो आप अगर 15 से 30 सेकंड की बनाते हैं तो 15 से 30 सेकंड की जो वीडियो होती है वो ज्यादा वायरल होती है और अगर आप 15 से 30 सेकंड की नहीं बनाते हैं तो आपको 58 सेकंड की शॉर्ट वीडियो बनाना है और अपनी शॉर्ट वीडियो के टाइटल में हैश जरूर से लगाना है तो चलिए आगे बढ़ते है और तीसरी टिप्स मैं आपको बता देता हूँ तो जब भी आप अपने यूट्यूब चैनल पर शॉर्ट वीडियो अपलोड करें तो ये जो मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया हुआ है आपको अपनी शॉर्ट वीडियो में इन कीवर्ड का टेग लगाना है ये जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये सभी टेग आपको अपनी शॉर्ट वीडियो में लगाना है इन टेग को लगाने से आपकी वीडियो पर बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा इन टेग की वजह से आपकी वीडियो पर ज्यादा व्यू आने के चांस बढ़ जाएंगे तो ये टेग भी आपको अपनी शॉर्ट वीडियो में जरूर से लगाना है उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ आपको अपनी शॉर्ट वीडियो में थंबनेल नहीं लगाना है क्योंकि जब आपकी शॉर्ट वीडियो वायरल होती है तो आपकी शॉर्ट वीडियो शॉर्ट फीड से वायरल होती है तो शॉर्ट फीड में तो वैसे भी आपकी वीडियो का थम्मेल किसी को भी नहीं दिखाई देता है तो आपको शॉर्ट वीडियो का थमेल बनाने में मेहनत तो नहीं करना है यूट्यूब ने खुद भी शॉर्ट वीडियो पर थंबनेल लगाने से मना किया है क्योंकि शॉर्ट फीड में थंबनेल दिखाई नहीं देता है तो आपको थंबनेल बनाने में मेहनत नहीं करना है आपको अपनी शॉर्ट वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाना है मतलब आपको थंबनेल बनाने में मेहनत नहीं करना है थंबनेल बनाने में जितनी मेहनत आप करते हो उतनी मेहनत आपको शॉर्ट वीडियो बनाने में लगाना है शॉर्ट वीडियो में थम्मेल की कोई ज़रूरत नहीं है तो आपको बिना थम के शॉर्ट वीडियो अपलोड करना है और शॉर्ट वीडियो को वायरल करने के लिए लास्ट और इम्पोर्टेंट टिप्स मैं आपको बता देता हूँ ये जो लास्ट वाला पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो जब भी आप शॉर्ट वीडियो बनाते हैं तो आपको शॉर्ट वीडियो में क्या करना है कि आप अपनी शॉर्ट वीडियो में जो भी बताते है वो आपको सबसे लास्ट में बताना है मतलब आप जिस भी टॉपिक पर शॉर्ट वीडियो बनाते हैं तो आपकी शॉर्ट वीडियो का जो मेन पॉइंट होता है वो मेन पॉइंट आपको लास्ट में बताना है मतलब आपको अपनी वीडियो के एंड में जो भी आपकी वीडियो का मेन पॉइंट होता है वो बताना है क्योंकि अगर आप अपनी वीडियो का मेन पॉइंट शुरू में ही बता देंगे तो आपकी उस वीडियो को लोग जब तक आपकी शॉर्ट वीडियो को ऑडियंस तो रिटेंशन कम आएगा और ऑडियंस रिटेंशन कम आने की वजह से आपकी वीडियो वायरल नहीं होगी तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है आप अपनी शॉर्ट वीडियो में जो भी बताते हैं तो आपकी वीडियो का जो मेन पॉइंट होता है वो आपको एंड में बताना है और जब आपकी वीडियो को का ऑडियंस डिटेंशन बढ़ जाएगा तो आपकी वीडियो वायरल होने का चांस भी बढ़ जाएगा तो आपकी वीडियो में जो भी पॉइंट होता है वो आपको सबसे लास्ट में बताना है जिससे आपकी शॉर्ट वीडियो पर लोग रुके रहेंगे और जब देखने वाले लोग आपकी वीडियो पर एंड तक बने रहेंगे तो आपकी शॉर्ट वीडियो अपने आप वायरल हो जाएगी तो इस वीडियो में मैंने आपको जो टिप्स बताई हैं आपको इनको अपने शॉर्ट वीडियो में फॉलो करना है आपकी वीडियो 100 परसेंट वायरल हो जाएगी क्योंकि शॉर्ट वीडियो वायरल करने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है ऑडियंस डिटेंशन तो आपको किसी भी तरह अपनी शॉर्ट वीडियो का ऑडियंस रिटेंशन बढ़ा लेना है ऑडियंस रिटेंशन बढ़ने के बाद आपकी वीडियो अपने आप वायरल हो जाएगी और ऑडियंस रिटेंशन कैसे बढ़ाना है वो भी मैंने आपको बता दिया है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मैं आपके लिए यूट्यूब से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो लाता रहता हूँ